जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट ग्यारह है जो लोग एक से दस तक नहीं देखे हैं वो यहाँ पर आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है कहाँ पर ऑप्शन ये था इतिहास विषय में बी भाषा विषय में सी विज्ञान विषय में डी नागरिक शास्त्र विषय में तो इसमें आप लोगों को बताना चाहिए था कि प्रयोग प्रदर्शन विधि का सर्वाधिक उपयोग जो है सर्वाधिक प्रयुक्त होती है वो विज्ञान विषय के लिए है ऑप्शन सी तो प्रश्न नंबर 21, खेल प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है ऑप्शन ए स्वतंत्रता बी रचनात्मकता सी मानसिक शक्तियों का विकास या फिर डी उपरयुक्त सभी तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा वो आप लोग पेपर पे लेकर बैठिए और हमारे साथ हल करिए फिर लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी नंबर बाईस शिक्षण प्रवृद्धियों के प्रकार हैं कौन कौन से हैं ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर बी वर्णन सी कहानी कथन डी उपरयुक्त सभी तो इसमें बताना है कि शिक्षण प्रवृदियाँ कौन कौन सी हैं तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी शिक्षण की प्रवृद्धियों के प्रकार हैं प्रश्न नंबर तेईस क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि बी किंडरगार्टन विधि सी खेल विधि या फिर डी उपरुक्त सभी इसमें बताना है कि क्रियापरक क्रिया पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी प्रश्न नंबर चौबीस बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है ऑप्शन ए बालक का सर्वागीण विकास बी बालक का मानसिक विकास सी बालक का शारीरिक विकास या फिर डिओ में से कोई नहीं तो इसमें बताना है बालक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है जल्दी से बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बालक का सर्वांगीण विकास करना बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है प्रश्न नंबर 25 शिक्षण को आनंददायक मनोरंजक और रुचपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है ऑप्शन ए व्याख्यान विधि बी खेल गतिविधि एवं प्रवृि या फिर सी स्पष्टीकरण प्रवृि या फिर डी अवलोकन एवं निरीक्षण प्रवृि तो प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खेल गतिविधि प्रविधि प्रश्न नंबर छब्बीस सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है या कथन किसका है ऑप्शन एक है डी डब्ल्यू एल का बी है बी एम सोर का सी है बुस का या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डी डब्ल्यू एल एन का प्रश्न नंबर सत्ताईस छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है क्या विकसित किया जाता है ऑप्शन एक कौशल क्या प्रेरणा विकसित की जाती है या फिर व्यक्तित्व विकसित किया जाता है या फिर ज्ञान तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कौशल छात्रों में प्रशिक्षण के समय कौशल को विकसित किया जाता है प्रश्न नंबर 28 प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है किससे है ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान से बी विषय वस्तु से सी शिक्षक ज्ञान से या फिर डी आश्रृंखलाबद्धता से प्रश्न नंबर अट्ठाईस का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान से सावना कौशल की विशेषताएं हैं ऑप्शन ए यह पाठ के विकास में सहायक है बी यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है सी या पीठ की उपरुक्त सभी नंबर 30, शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए ऑप्शन ए स्वयं द्वारा भी दूसरों द्वारा सी छात्र सहभागिता से या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर बताइए जल्दी से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वयं द्वारा छात्रों शिक्षकों को प्रश्नों का निर्माण स्वयं करना चाहिए प्रश्न नंबर इकतीस कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है ऑप्शन ए प्रभाव का नियम बी सादृश्यता का नियम सी तत्परता का नियम या फिर डी सहचारी का नियम प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तत्परता का नियम प्रश्न नंबर 32 कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है यूपी टी टी दो हजार चौदह में आया हुआ था, कल्पनाशीलता सी या फिर डी अनुकरण। तो इसमें बताना है कौशल क्या है तो कौशल की पहली अवस्था है अनुकरण ऑप्शन डी नंबर 33। निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है आपसे श्यामपट पर लिखना भी प्रश्नों को हल करना प्रश्न पूछना या फिर उपर्युक्त सभी तो प्रश्न नंबर का का सही सही उत्तर उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न प्रश्न होगा ऑप्शन डी सभी नंबर चौतीस श्यामपट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है यूपीटीटी 2011 में आया हुआ सवाल है ऑप्शन ए स्रव्य साधन भी दृश्य साधन से दृश्य श्रभित दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो श्याम्पट पर केवल हम देखते हैं उसे सुनाई नहीं देता है इसलिए श्याम्पट एक दृश्य साधन है तो इसलिए इस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दृश्य साधन प्रश्न नंबर पैंतीस कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आपसे कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए तो बताइए इस प्रश्न का, तो का सही उत्तर क्या हो होगा प्रश्न नंबर पैंतीस तो प्रश्न नंबर पैंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए प्रश्न नंबर 36 रिक्त स्थान भरना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है यूपीटीटी दो हज़ार ग्यारह में आया वो सवाल है ऑप्शन ये है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर डी कक्षा में पूर्ण निरसता तो प्रश्न नंबर छत्तीस का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना प्रश्न नंबर 37 कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ऑप्शन ए साम्पट का प्रयोग करना चाहिए बी चर्चा करना चाहिए सी कहानी कहना चाहिए या फिर डी प्रश्न पूछना चाहिए तो प्रश्न नंबर सैंतीस का सही उत्तर क्या होगा तो प्रश्न नंबर सैंतीस का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है प्रश्न पूछना तो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर अड़तीस अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है 2016 में आया है में आपसे नई वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की पहल की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं बी उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक कर्ता पात्र होता है सी किस की शिक्षक कर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं या फिर डी परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो प्रश्न नंबर अड़तीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं प्रश्न नंबर किसी में की भूमिका है क्या है क्या समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बधे रहना बी सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना डी सी अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना या फिर ऑप्शन डी सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना तो प्रश्न नंबर उन्तालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर उन्तालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीखने की विश्वसनीय स्थितियां उठाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना प्रश्न नंबर 40 बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें ऑप्शन ए शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है ऑप्शन बी है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी जा, बनाया जाता है या फिर ऑप्शन सी है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ पर और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समारूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है तो प्रश्न नंबर चालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर चालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है प्रश्न नंबर 41 एक, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सर पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना बी समूह गतिविधि के बजाय व्ययक्तिक अधिगम पर ध्यान देना सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना या फिर डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तो ये प्रश्न नंबर 41. आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हम इस सवाल का जवाब देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद